चल बदमाश चल बदमाश मेरा घर है पास आलू का चालू बेटा कहा गए थे बैंगन की टोकरी में सो रहे थे बैंगन ने लात मारी। गई दिल्ली दिल्ली में था बंदर लाल किले के, के अंदर बंदर ने दी मूंग चली बिल्ली उसे चली रास्ते में था भालू भालू ने बोला मैं खाली बिल्ली ने मारा पंजा, भालू हो गया गंजा एक मदारी आया संगप ने बंदर हिलाया टमटम डरो बचाया बंदर का नाच दिखाया बंदर या लेकर ताने चला बंदर उसे मनाने दोनों ने फिर रंग जमाया अपना अपना नाच दिखाया